हाय गाइस गुड मॉर्निंग राम राम सभी को तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब सही होगे तो गाइज आज हम चलेंगे होली का सामान लेने के लिए होली का जो फेस्टिवल है कल उसके लिए प्रपरेशन करनी है और मनी माजरा भी कोई काम है हमको होली के लिए सामान लेके आते हैं तो चलो गाइज तो भाइयों रेडी हो चुके हैं अब हम चले तो भाइयों अब हम चलेंगे मनी माजरा चल अपने क्लोम नहीं कि यार दोस्त अपने भाई सुना दे क्या हाला भाई हो ठीक है हमारा लंगूर ओ भाई यो यो लो तो भाइयों पहले हम हंडी का सामान लेने चलेंगे इसके लिए पिचकारी लेके आने कल से रोई जा रहा है नहीं <laughs> इसने कल से धुमा हुआ पूरा कि मेरे को पिचकारी चाहिए बंदूक वाली <laughs> तो भाई यहाँ पे पहुंच गए हम यहाँ पे होली का सामान लेना ले शू कीजिए तो भाई देखो कितना उताबला हो रहा है छोटी छोटी देखते हैं तो क्या देखो पता नहीं क्या उठा लिया ओ रंग ले उठाली है रंग झांठा गाय खड़े होते दाल ले लुंगरे बाल लगा के दिखा और ऐसे बाल में देखे ऐसे <laughs> बाल में देखे <laughs> दिखाना <laughs> खिंच <laughs> दे फोटो की ठीक है लगे <laughs> <कराने के> <laughs> गुब्बारों का पैकेट दे दो। कौन से कौन से बड़े वाले बड़े वाले वाले। हैं? वो दे दो इससे इससे बड़ा सा। इस बड़ा नहीं। ये? लो देखो कितना सामान ले लिया गायनी अगली अगली होली का भी आज ही देगा लगता है वो इसको देने हैं कुड़ी को अभी आपको भी और लेना एक और दुकान है जो वहाँ सस्ते मिलते हैं अरे नहीं यार विक्की क्या कह रहा था भी विक्की भैया क्या कह रहा था सोनी भैया कह रहे थे कह रहे एक और यहीं पे एक दुकान आ गया कुछ अच्छा भी तो गाय आगे भी जेब हल्की करेंगे थोड़ी <laughs> ना ले हो यार वो देखो कहाँ आ रहा है ये बहुत तो तो भाईयो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है होली के लिए, वो भी। हाँ। सारी, सारा साल लोग ने रंग ही विखाया हूँ होली ते की नवा रंग चाड़न गे चंद चाढ़ी देखा गे आप थोड़ी बहुत शायरी भी करते हैं <laughs> गाना शायर शायर बन आ गई है हाँ तू, मेरे को तो किसी ने बनाया नहीं खड़े हुए छड़े टोला भी का छड़े ओ लग्या तो चलाने लग गया ओ बस तो, तो, तो, तो, तो, तो नाड़ी आ रहा मार। जी ओए गेडी गेडी मारने हैं हैं बना रहे बन भाई कुछ गाड़ी गाय लगता है गई आगे से आवाज आ रही है ओ, कर दिया ने, ठोक दी, देखा गाय कितना हैवी ड्राइवर है बहुत तगड़ा ड्राइवर है ये जब भी इसके साथ बैठो तो सीट बेल्ट लगा के रखना कृपा अब तो थोड़ा सा काम काम हो गया आगे से ये लटका दिया कुछ? आगे से की जो है होती कवर होता है वो तो उठ गया एक साइड से लटक गया वो। अब उस, उस, उसके अंदर भी थोक लगवाएगा ये, <laughs> और ये, जब से, ये ना बस पैसे खर्चवाने के लिए जितने मर्जी पैसे लगवा दो बेफालतू तो के पैसा लगवा दो इस बसिमा जरा जा रहे हैं ये त्यार हुआ है मनीमाजरा चलते हैं ये गाड़ी पे छोड़ के आनी है तो चलो तो गाय मनी मनीमाजरा पहुंच गए हैं दो मिनट का रास्ता रह गया बस तो भाइयों की हो <laughs> तो पहुंच गए हम अब अब चलेंगे घर पे फिर जाएंगे ये बना रहे हैं हाँ यही कर दे एक ये ये कर कर दियो के। बाड़ा कर दियो देखिए अब <laughs> हम पैदल जा रहे हैं घर तक तो तो हम जाने का नहीं तो तो पैदल चलना भी अच्छी बात तो तो है इसके लिए हमारी चलते हैं कितने सालों बाद में पैदल चल रहा हूँ ऐसे इस रोड पे और आज बस में आना पड़ा मुझे और बिठा दिया ऐसा नहीं कोई जानकारी तो मिल अभी फोन किया मैंने गप्पू आराम को लेने के लिए साले ने इतनी तो देर तक दिया मुझे क्या होगा जिम में चलना लगवा था यहाँ मैं समझा कर यारिमे की छोकरा भाई आज पैदल ओ भाई पैदल भैन चौधरी वेस्ते आ गया हमारी सवारी जल्दी मुझे दे हा। दे चाल जल्दी सुबह यार सीट से तो कहा चंडीगढ़ से कुछ सामान लिया था हमने वो हमने ले लिया और ये जो गाड़ी है मेरे को बहुत प्यारी लगती है एक बड़ी वो लोग चलने स्टार्ट हो जाए यही कराने किश्ता वहा चल तो भाई भाइये समोसे ले लिए हा हा मस्त खुशबू आ रही है तो सब इनको इन, इन, इन सबको देंगे हम एक एक हम खाएंगे चार चार बाबू भैया हमारा बाबू भैया ये चलो तो गाइस बाबू भैया के लिए सुनो से ओ योग कराओ इन्हें क्या कराला ताली थोड़ी जकाई हां ये गाइस चिकना चिकना बॉय गाइस ओ बस गाइस शर्मा आ गया बेटा लगा अपना दिमाग वाला और यार कुत्ते की पैर ओ यार ले तो तो तो नहीं ओ भाइयों हमारा तैयार हो चुका सामान खाने पीने का घर पे अब मैं कपड़े चेंज करता हूँ और फिर बालाजी चलते हैं मठा टेकने क्योंकि आज है ट्यूसडे तो चलो तो भाइयों ड्रेस कर लिया चेंज अब हम बालाजी चलते हैं फिर चलान भी भरवाना है तो चलो गाइस चलते हैं बहुत लेट हो गया हूँ मैं तो गाइस अपना भाई है अभी हम इसके साथ चलेंगे अच्छा बड़ा खास भाई है तो राम राम तो बोल रहे सबको जय श्री राम चलो, चलो। तो गाइस हम बाइक पे चलेंगे आज को देनी तो चलो गाइस चलते हैं तो गाइस हम बाइक पे चलेंगे तो hmm, <laughs> तो भाई यहाँ से पूरा व्यू दिखता है पिंजोर का बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से तो चलो अंदर चलते हैं ये अपना प्यारा भाई लाडला भाई होली के लिए तैयारी हो रही है अभी यहाँ पे कल होली है ना इस की पर अच्छा डिप्रेशन लिए तैयारी चल रही है सोने सोने फुल प्यारी प्यारी। अब लोग देख सकते हो बर्फ का शिवलिंग कितना प्यारा बनाया हुआ है अंदर भाइयों मठा टेक लिया हमने अब हम चलान भरवाने चलेंगे वो चलान भी भरवाना है जो जन्मदिन पे आया था बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मुझे पंचकूला पुलिस ने है अच्छा जा <laughs> दो हजार था चलो कोई नहीं परा दूंगे तो दस बलोक का में यहां पे ट्रेन के इंजन सेट हो रहा है वो रिपेयर <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> से चलान भरा जा तो रहा, तो रहा है किसकी है ये हमारे भाई है है ये भर रहा है। तारा ले, तारा ले। वो भी नहीं की काम किसी है।